मैं नितेश देवती आज आपको फोटो रिसाइज करना और उसको साइन को रिसाइज करना आज बताऊंगा कि फॉर्म में कैसे फिल करते हैं पेंट से भी और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर से भी दोनों तो से बताऊंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियोस से हमारी C++ उनको भी लाइक शॉर्ट वीडियोज भी हैं जो एक एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं और कुछ वीडियोज हैं हमारी एक्सल वैक्सल उनको लाइक करें तो चलिए शुरुआत करते हैं ये मेरे पास एक फोटो है इसको मैं खोल था मेरे पास फोटो है इसको दो कैसे करना है तो आप इसको जाकर पहले बताऊंगा मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 वैसे 2013 है मेरे पास उसमें 2013 में यहाँ आता नहीं है आपको बताऊंगा मैं तो फोटो को रिसाइल कैसे करें और उसे क्रॉप करना पहले इसकी पहले कॉपी ले लेते हैं क्योंकि बाद में कोई गलती होती है तो उसको सुधारने के लिए हमने कॉपी ले ली और ये हमारे पास है डेढ़ फोटो पहले क्रॉप पर जाना है मैं एक फोटो को क्रॉप कर लेते हैं इसको मैंने क्रॉप कर दिया तो लिया तो इसको ड्रॉप किया है और मैं इसको सेव कर देता अब देखते हैं का साइज कितना फोटो पर क्लिक करोगे तो इसका साइज आ जाएगा साइज है एक सौ के बी के बी इसका साइज है और मुझे फॉर्म में ज़्यादा सर दस से बीस के बी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें रिसाइज पे जाना है रिसाइज और आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके लिए हाइट और वेथ दे रखी है फॉर्म में तो आप यहाँ पर अपनी चौड़ाई और यहाँ पर हाइट कितनी करनी है वो लिखें वरना यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हैं परसेंटेज मतलब ये फोटो हमारा 100 परसेंटेज का है तो हमें कम में करना है तो कम में करना तो हम 100 से नीचे लेंगे मैंने ले लिया 60 ले लिया और 60 पे मैंने क्लिक किया ओके कर दिया फोटो छोटा हो चुका है और मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब देखते हैं साइज इसका पांच पॉइंट है पांच केबी ओनली पांच केबी इसका साइज है मुझे दस से बारह केबी चाहिए तो फिर द्वारा परसेंटेज पे पर करता हूं अब ये 100 है अब मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं इसे 150 कर देता हूं 150 सौ कर दिया मैंने और ये फिर से बड़ा हो गया और इसको मैं फिर से कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अब नौ पॉइंट के बी का हो चुका है और ज्यादा करना है तो परसेंटेज पे पर कीजिए और मैं इसे अब एक फिर कर देता हूं एक परसेंटेज कर दिया और ये यहाँ के हो चुका है आप देख सकते हैं ग्यारह के बी का उचका है ग्यारह के बी यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाके इस फोटो पे क्लिक करोगे तो इस साइज आ जाएगा ग्यारह केबी को उचका है यदि आप इससे करना चाहते हैं कि आपको कितनी व्यक्त लेनी है कितनी लेनी है अब 1024 इसकी चौड़ाई और सात इसकी लंबाई तो हम इसे 1100 ले लेते ले हैं 1100 और इसको भी हम हजार ले लेते ले हैं और ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं आप देख सकते हैं ये बढ़ चुका है और इसको जैसे सेव करेंगे यदि ज्यादा में चाहिए तो अब ज्यादा में 44 के बी में 44 के बी में हमें इसे छोटा करना है तो हम नीचे लेंगे कितना ले लिया हमने 800 ये ले लिया और सात वो है और हम इसको ओके किया हमने और सेव किया अब देखते हैं अट्ठाईस के बी कितने का अट्ठाईस के अभी छोटा उचका यदि आप ऐसे भी नहीं तो यहाँ से ले सकते हैं लार्ज है 1024 हजार सात सौ अड़सठ स्मॉल है हम स्मॉल पे क्लिक कर देते हैं और कर देते हैं अभी ये छोटा उचका है पहले 28 के बी का था आप देख सकते हैं कि 26 के बी का है और हमें ज्यादा ही स्मॉल लेना तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते छह से और इसे जैसा कीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अठारह के का उचका तो दस से बीस के हर फॉर्म में मांगते हैं यदि आप चौड़ाई और हाइट को ऊपर हैं तो फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे आप भर सकते हैं तो हमारा फोटो उसका अठारह के का और अब रह गया साँग। साँग को भी इसी तरीके से इस करना है साइन को मैं कर रहा हूं पेंट में और पेंट में देख लीजिए कि पेंट में कैसे करना है आप देख सकते हैं ये साइन है दो साइन है जोन से प्ले करेंगे मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा और ये मैंने सिलेक्ट किया और क्रॉप पर जाना है क्रॉप और क्रॉप कर दिया क्रॉप हो चुका है मैंने सेव नहीं किया मैंने बताया था कि आप इसकी कॉपी कर लीजिए मतलब कि कॉपी ले लीजिए गलती होती है तो वो रिकवर हो जाती है उसमें और इस पेंट पे जाइए आप देख सकते हैं इसको सेव कर दीजिए अब सेव हो चुका है और यहाँ पे देखिए ग्यारह के भी हो चुका है ग्यारह के बी और साइन हमें चाहिए करीबन जीडी तो के में दे रखा है 5 से 10 के बी के लिए तो ज्यादा है आप ऐसा कीजिए रिसाइज पे जाइए रिसाइज अब ये 100 का है तो मुझे कम करना है तो 95 पे पे मैं कर देता हूँ और यस कर दिया आप आप देख सकते हैं कि 9.7 के सात है ऐसे ही आप रिसाइज कर सकते हैं हर फोटो को हर उसको तो मैं इस पर डेट लिखना चाहता हूँ तो आप पेंट में जाइए यदि कोई आपको डेट डेट ऑफ पोस्ट डालनी है और इसके छोटा कर लीजिए फोटो इसको ये मैंने छोटा किया और थोड़ा बड़ा कर लीजिए अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं और आप इस पे जाइए आज डेट है 16 तारीख आठ आठवा महीना तो मैं यहाँ पे डालूंगा डी ओ पी डी डॉट डी डॉट ओ डॉट पी मतलब डेट ऑफ पोस्ट डालना जरूरी है वरना कई बार ऐसे होते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आता यदि आपको डेट बोल डेट डालने को बोला है तो डी डालना जरूरी है और डेट है आज 16 तारीख है 16 तारीख है 8वां महीना है 2021। ये हमने डेट ऑफ पोस्ट डाली है और मुझे ये फोटो ये डेट ऑफ पोस्ट आगे ले जानी है तो आप इसको क्रॉप कर लीजिए डॉप करके आप इसे यहां पे ले आइए यहाँ पे आ चुका है और आप इसे इस फोटो की बराबर में ले आई फोटो की बराबर में आ चुका है अब इसको वापस ले जाइए और इसे फोटो से टच कर दीजिए आप देख सकते हैं कि फोटो हमारा बन चुका है डीओपी हमारी डल चुकी है और हम इसको सेव कर देते हैं ये हमारा सेव हो चुका है अब इसको फॉर्म में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं जहां पे डेट ऑफ पोस्ट के लिए बोला गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी और बेल आइकन को दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे चैनल को सब्सक्राइब करना